नमस्कार आदाब सभी अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाइयों को आज के हिंदी पत्रकारिता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएँ और सभी लोगों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं बड़े संजीदगी के साथ अपने तमाम सभी मीडिया बंधुओं को चाहे प्रिंट मीडिया जुड़े हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक मैं पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूँ कि जो पत्रकारिता कि जो अस्था दिनों दिन गिरता जा रहा है आज दुनिया उंगली उठाने लगी है पत्रकार संदेह की नज़र से देखा जाने लगा है इस जो दूषित माहौल चला है और आज पत्रकार संदेह की नजर से देखा जा रहा है मैं ये यही बात कहना चाहता हूं कि ये हमारी जो पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा गया है मज़बूत स्तंभ अगर ये चौथा मजबूत जो हमारा स्तंभ है ये सही अगर हो जाए मेरा अपना मानना है मेरा दिल बोलता है मेरा ईमान बोलता है कि मुल्क की अस्सी फीसदी समस्याएँ यूँ ही हल हो जाए हम अपने सही निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार पूछता रहें मेरा मानना है कि कोई भी ताकत नहीं है जो उसे हिला दे और डिगा दे सिर्फ हम सुधर जाएं इस ज़माना सुधर जाएगा हम निष्पक्ष जब कलम चलाएं तो मेरे सामने कोई जात मजहब धर्म पार्टी कुछ ना जब कलम चले लेखनी चले तो निष्पक्ष चले निर्भीक चलें और सच है दूध का दूध पानी का पानी करें मैं यही कहना चाहता हूं जो आज के सूरत हाल देख बड़ी पीड़ा होती है कि जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन जुल्म के साए में युवा खोलेगा कौन और हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन और यूं ही झूठ के हाथों घर बिकने लगी मीडिया फिर जरा सोचो सच और झूठ का राज बोलेगा कौन और यूं ही नफरत का जहर घर उगलने लगे मीडिया फिर ज़रा सोचो इस मुल्क में प्यार का रस घोलेगा कौन आज हमें इस बात को बड़ी संजीदगी से सोचना समना होगा आज जनता आज भी हम पर विश्वास करती है पत्रकारों पर वो मिसाल देती है कि देखिए यह खबर चली है यह खबर अखबारों में छपी है और चाहे झूठी ही खबर क्यों ना हो लेकिन जो पढ़ने वाला पाठक है जो देखने वाला दर्शक है जो निगाहें देखती हैं जुबाएं पढ़ती हैं वो गवाही देते हैं कि देखिए ये अखबार में छपा है ये चैनल पे चला है ये मीडिया में आया है ये अखबार में छपा है वो एक तरह से एक दस्तावेज बन जाता है तो हम कोई ऐसी बात ना परोसाएँ जो सफ़ेद झूठ हो बाद में पता चलने पर हमको बुरा बुरा सुनना पड़े मैं यही कहूँ हम भी पत्रकार इस पत्रकारता हिंदी दिवस का हम सभी पत्रकार बंधुओं को चाहे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सारे पत्रकारों को चाहे हमारे छोटे अनुज हों चाहे नए पत्रकार हमारे हों चाहे पुराने हों सबको मैं दिल किया था घर हूँ स्वागत कर करता बधाई देता हूँ और इस मुबारक मौके पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि हंसते रहें आप हजारों के बीच में हंसते रहें आप हजारों के बीच में खेलता है गुलाब जैसे पहाड़ों के बीच में अरे रोशन करें नाम आप जग में इतना जैसे चमकता है चांद सितारों के बीच में जय हिंद जय जै भारत खुदाफी जय पत्कार दिवस